रो हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको हीरो नाइन ब्लैक गोप्रो की अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ तो चलिए देखते हैं देखिए यह इसका बॉक्स है ये आपका कुछ ऐसा बॉक्स आता है इसे चलिए मैं ओपन करती हूं यहां कुछ इंस्ट्रक्शंस है स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। और ये इसमें कह रहे हैं ये कोई ऐप भी है गोप्रो ऐप, ये इसकी चार्जिंग केबल ये गोप्रो की बैटरी ये कुछ कोई पार्ट है इसको आप कहीं भी स्टिक कर सकते हैं इस पर आप गोप्रो लगा सकते हैं और ये एक है अब तो हम अपने गोप्रो को निकालते हैं ये रहा हमारा गोप्रो इस अलग लगी रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे हम आपको पहले इसके फीचर्स बताएंगे। बताएँगे पे देख सकते हो छोटी स्क्रीन है ये कैमरा है ये बड़ी स्क्रीन है इसके साथ आपको 449 की यूएसबी मिलती है और इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है अभी जो मार्केट में आया था ही ही तो आया उसकी अच्छी मतलब वो ज़्यादा अच्छा नहीं था फिर अभी हीरो नाइन आया है देख सकते हो आप सो फ्रेंड्स ये जो GoPro है ये 23.6 मेगापिक्सल सेंसर का है और इसके अंदर 5K वीडियो क्वालिटी है और जो इसकी बैटरी है 1720 mAh की है और इसमें जब आप इसे ऑन करते हो तो एक एल लाइट चलती है उससे आपको पता लगता है कि आपका अभी वीडियो ऑन है इसमें काफी सारे मोड है और जो इसमें टाइम लैब्स होता है वो काफी अच्छा है और स्लो मोशन भी इसमें काफी अच्छा है और इसका जो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है और जो इसका ये जो सॉफ्टवेयर है और ये आपके वेबकैम होते हैं है जैसे आप जूम मीटिंग्स और गूगल मीट इनके लिए आप इसे यूज कर सकते हो वेब कैम के